वो चैनल स्टार्ट किया उसी के लिए कंटेंट ढूंढ रहा था कहीं कंटेंट नहीं मिला और वही ढूंढने निकला निकलाऊँ चारों तरफ कंटेंट के चक्कर में भटक रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो दोस्तों जैसे ही कंटेंट मिलता है आप लोग को भी पता चलेगा और शेयर ज़रूर करना थैंक यू